आय होगा अच्छे होंगे तो हमेशा की तरह एक वीडियो और लेकर के मैं आया हूं आपके लिए सॉफ्टवेयर से रिलेटेड तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो वीडियो है आज हमारे पास ओप्पो का एक फ़ोन है मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये ओप्पो का हमारे पास एक फ़ोन है जो कि किसी यूज़र ने इसका पासवर्ड भूल चुके हैं तो इसके पासवर्ड को हम बहुत ईजीली तरीके से रिमूव करेंगे यहाँ पर सारी चीज़ें तो फ्रेंड ये ओप्पो का ए है जो मैं आपका इसको मॉडल भी दिखा दूंगा सारी चीज़ें कैसे करते हैं ये ओप्पो का ए मॉडल है जो कि आपने देखा कई सारी चीज़ें कि हार्ड सेट से भी हो जाता है आप ट्राई कर सकते हो बाकी आ, मैं आपको इसका मॉडल नंबर दिखा देता हूं तो स्टार हैज 899 नाइन नाइन हैज आप इसको क्लिक करते हैं उसके बाद आप यहां पे सॉफ्टवेयर वर्जन पे जाते हैं सॉफ्टवेयर वर्जन में जाने के बाद देख सकते हैं सी आप इसको गूगल में सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा तो इसमें इसके जो पासवर्ड है उसको बहुत हम ईजी तरीके से अनलॉक करने वाले हैं फ्रेंड तो वीडियो को अब लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो वीडियो को स्टार्ट करने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप कैसे कैसे कर सकते हैं सारी चीजें फ्रेंड्स तो मैं यहाँ पे दो वे में आपको बता दूंगा एक प्रैक्टिकल दिखा दूंगा एक करके दिखा दूंगा एक मेरिकल से ही बता दूंगा और यूएमटी से बता दूंगा दोनों वे से आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे आपको अनलॉकिंग करनी है तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम मेरिकल से ही करते हैं मेरिकल से करने के लिए हम मेरकल थंडर को ओपन कर लेते हैं मेरकल थे पहले हम तो नेट कनेक्ट कर देते हैं और नेट कनेक्ट करने दोनों ही वे से आपको बता दूंगा फ्रेंड्स कि आपको कैसे उसको कनेक्ट करना है सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको दोनों ही बता दूंगा कि मिर्कल से और यूएमटी से कैसे आप वन क्लिक में आप इसकी अनलॉकिंग कर सकते हैं केवल वन क्लिक में तो चलिए हम मिर्कल को ओपन कर लेते हैं फिर हम थोड़ी बातें करेंगे और ये आपके सामने मैं लाइव कर रहा हूँ फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हो सारी चीजें यहाँ पे तो मिर्कल थंडर को ओपन कर लेते हैं फिलहाल आप हमेशा अगर विंडोज टेन यूजर होंगे तो डिफेंडर को हमेशा ऑफ करके चले अगर आपका डिफेंडर ऑन होगा तो भी मेरकल थंडर नहीं खुलेगा फ्रेंड जैसा कि मैं आपको बता दूं तो अपना मेरकल थंडर खोल लेते हैं और उसके बाद सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो मैं एक बार यूएमटी का भी हाईलाइट दूंगा तो यूएमटी से भी कैसे आप करना है अगर आपके पास मेरिकल नहीं है तो आप यूएमटी से भी कैसे कर सकते हैं तो वो सारा चीज मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ लाइफ तो हमेशा अगर आप विंडो टेन यूजर होंगे फ्रेंड तो अपना डिफेंडर को ऑफ करके चले अगर ये ऑफ नहीं रहेगा तो आपके एप्लीकेशन या रन नहीं होंगे या तो वो खुलेगा नहीं सारी चीजें हो सकती हैं तो यहाँ पे हमने इसको कर दिया है मेरिकल थंडर हमारा ये ओपन हो जाएगा उसके बाद डिवाइस मेजर को भी आप हमेशा पैलर में खोल के रखें जिसमें आपको ये पता चलेगा कि फ्रेंड्स की हमारा जो पोर्ट है वो स्टेबल है कि नहीं है फ्रेंड्स तो ये मैंने डिवाइस मेजर को भी खोल के साइड कर दिया है मेरिकल थेंडर को भी हम यहाँ पर ओपन कर लेंगे और सारा चीज़ आपके सामने हम यहाँ पे लाइव ही करने वाले हैं फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हो मैं यूएम का भी अपडेट दूंगा कि यूएमटी में भी आप कैसे कर सकते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा क्योंकि ये जो फ़ोन था हमने आपको यहाँ पे दिखा दिया है ये ओप्पो का फ़ोन है ओप्पो का फोन, फोन अभी से आप कर लीजिए प्रॉपर तरीके से ऑफ़ इस फोन को प्रॉपर तरीके से आप कर लीजिए ऑफ़ मैंने इसको ऑफ़ कर लिया है फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हो जैसे ही मिरकल सेंडर हमारा खुल जाता है ऐसे में यू खुल जाता है यू से मैं ट्राई कर देता हूँ क्योंकि मैं यू डोंगल से भी आपको बताने वाला हूं कि आप यू डोंगल से भी कैसे आप इजिली अनलॉक कर सकते हैं तो यू का तो ट्राई हम नहीं करेंगे फिलहाल हम करने वाले हैं मिरकल का ही करने वाले हैं और मिरकल क्योंकि अगर आपके पास मेरकल नहीं होगा तो आप यू भी ट्राई कर सकते हो तो चलिए फ्रेंड्स ये हमारा देखिए मेरकल थंडर यहाँ पे ओपन हो चुका है मेरकल थंडर हमने यहाँ पे खोल दिया है अब उसके बाद सिंपल आपको मीडिया टेक सर्विस में जाना है उसके बाद आपको यहाँ पे सीधा अनलॉक दिखाई दे रहा होगा अनलॉक का एक टैब दिखाई दे रहा होगा सीधे आपको अनलॉक टैब पे क्लिक करना है उसके बाद आपको फ्रेंड्स करना क्या है आपको अपना ले लेना है ये जो मेथड है आपको अपना ईम टाइप को सेलेक्ट करना है ईम टाइप है हमारा यहाँ पे ईम इसमें लगा हुआ है ए एम लगा हुआ है यू नहीं लगा हुआ है तो हम ईम को सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद हम बूट 8 सेलेक्ट करेंगे उसके बाद हम बूट 8 सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीज़ें अब हमें सिंपल सा कर देना है स्टार्ट बटन पर क्लिक कर देना है तो यहाँ पर कर देना है आपको यस yes, अब येस yes करने के बाद आपको सिंपल फ़ोन को वैल्यूम अप डाउन वैल्यूम अप डाउन दबा करके यू एस इन करना है तो मैं वॉल्यूम अपडाउन दबा करके यूज भी केवल इन करता हूं। तो हमारा देखिए फोन तो कनेक्ट हो गया फ्रेंड्स तो कनेक्ट हो गया है उसके बाद ये मेटा मोड पे जाएगा तो मैं आपको यहाँ पे एक मेटा मोड करके स्क्रीन भी आ जाएगी तो मैं आपको मेटा मोड भी दिखा दूंगा तो ये देख सकते हैं यहाँ पे मेटा मोड नीचे लिख है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा अभी स्क्रीन ब्लू हो जाती है किसी का ब्लू ग्रीन देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये कनेक्ट हो चुका है अब ये थोड़ा सा अगर मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ अगर वन टाइम में आपका एरर आ जाता है क्योंकि आप पहली बार मतलब जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे तो यहाँ पे कोई भी रर नहीं आया फ्रेंड्स हमारा ये देख सकते हैं जॉब टन हो चुका है बहुत इजी तरीके हमने कोई भी ब्रांड और मॉडल सेलेक्ट नहीं किया है आपको भी नहीं करना है देखिए फोन हमारा रेड से लगा हुआ है रिस्टार्ट हो चुका है हमने यहाँ पे क्या किया एम के सर्विस में गए अनलॉक पे गए और यहाँ पे अपना बूट एट सेलेक्ट किया उसके बाद हमने यहाँ पे देखा फ्रेंड्स की देखी हमारा वाइफ टाटा होना चालू हो गया मतलब हमारा ये जॉब डन हो चुका है बहुत ही इजी तरीके से अनलॉक हो गया ये डाटा केबल लगाई हुआ है मैं डाटा केबल बस निकाल देता हूँ देखिए फोन हमारा ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो चुका है और ये हमारा जॉब डन हो गया है देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आया फ्रेंड्स बट आपको मैं बताना चाहूंगा कि यूएमटी से मैं बता दूंगा कि यूएमटी से कैसे करना है हमने कोई भी सेलेक्ट ब्रांड आप सेलेक्ट ब्रांड करके भी जा सकते थे अपना ओप्पो सेलेक्ट कर सकते थे बट सबसे पहले आप यूनिवर्सल करें नहीं होता है तो उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है अपना ब्रांड और मॉडल सेलेक्ट कर लेना है ओप्पो अब देखते हैं इसमें A15 है कि नहीं ए फिफ्टीन ये है A15 भी है तो आप A15 को प्रॉपर सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं तो फटाफट जब ये फोन ऑन हो रहा है तो मैं फ्रेंड्स आपको यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ स्टॉप करने के बाद आपको यहाँ पे कर देना है कट और मैं करता हूँ यूएमटी को ओपन ये तब से बूट हो रहा है फ्रेंड तो मैं यूएम टी लगा देता हूँ यहाँ पे हम यूएम टी यूज करते हैं तो यूएम टी हमने लगा दिया है यूएमटी का आपको मैं बता देता हूँ क्योंकि मैं आपके पास अगर मिर्कल होगा तो आप मिर्कल से कर लेना यूएम होगा तो आप यूएमटी से कर लेना तो यूएमटी का मैं अल्टीमेट तो, मीडियट एक टूल खोल रहा हूँ अल्टीमेट एम के टूल को मैं ओपन कर रहा हूँ अल्टीमेट एम टी की क्योंकि ये बूट हो रहा है थोड़ा सा क्योंकि बूट होते होते मैं आपको यहाँ पे इसका अपडेट भी यूएमटी से बता देता हूँ कि आपको कैसे उसको आप यहाँ से कर सकते हैं तो देखिए है हमारा फ्रेंड्स ये एम uh, का 4.2 वर्जन जो भी चल रहा है लेटेस्ट में उसके बाद हमें करना क्या है सीधा हमें जाना है टू लैंड एफ आर में जाना है टू लेंड एफ में सीधा आपको जाने के बाद यहाँ भी आप ब्रांड और मॉडल सेलेक्ट नहीं करिए सबसे पहले आप डायरेक्ट करिए नहीं होता है तो अपना ब्रांड और मॉडल सेलेक्ट कर लीजिएगा नहीं तो फ्रेंड्स देख आपको सीधा और सीधा करना क्या है आप यहाँ पर देख सकते हैं ओप्पो रिसेट मैथड वन और यहाँ पे दो मैथड दिए हुए हैं आपको सबसे पहले मैथड वन ट्राई करना है और रिसेट डिवाइस मेटा पे आपको आपको क्लिक कर देना है। है? है, फ्रेंड्स क्या करना सिंपल सिंपल कोई भी कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको सीधा यहाँ पे मेथड वन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे रिसेट डिवाइस मेटा पे क्लिक कर देना है रिसेट डिवाइस मेटा पे वही वैल्यूम अप डाउन दबा करके फोन को आपको कनेक्ट करना है और ये मेटा मोड में ऑटो ले जाएगा और आपका बहुत ही इजीली तरीके से अनलॉक हो जाएगा जो कि आप देखते हैं कि हार्ड सेट कर रहे हैं तो हमारा वाइफ डाटा हो जा रहा है कोड आ रहा है नहीं आता है अगर आता है कोड तो आप कोड मेथड यूज कर सकते हैं अगर नहीं आता है तो आप यूएमटी या मिरकल या फिर फ्रेंड्स यहां पे अगर आपका नहीं है मॉडल अगर ये एक बार मेरर आ जाता है तो सीधा अपना ब्रांड सेलेक्ट कर लीजिए आप ब्रांड सेलेक्ट करने के बाद अपना मॉडल देख लीजिए कि मॉडल हमारा ए है कि नहीं तो देख सकते हैं यहाँ पे टू वन एट हमारा जो था सी तो हम इसे सेलेक्ट कर लेना है और सीधा हमें मेथड वन और यहाँ पे रिसेट डिवाइस मेटा पे क्लिक कर देना है जो कि हमारा जॉब टर्न हो जाएगा तो बस ये थोड़ा शॉर्ट टाइम लगेगा और ये फ़ोन फटाक से चालू हो जाएगा तो आई होप अगर ये दी गई हमारी जानकारी से अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेलाइकन को दबा दीजिए जिससे हमारे नए नोटिफिकेसन आपको डेली बाई डेली मिलते रहे फ्रेंड्स तो ये फाइनली भी हो जाएगा और इसलिए मैं आपके सामने लाइव भी कर रहा हूँ कि कहीं डेड ना हो जाए या कुछ मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अनलॉकिंग के टाइम पे कभी भी फोन डेड जल्दी नहीं होता है फ्रेंड तो ये हमारा था अपडेट अब ये थोड़ा सा ऑन होने में टाइम लग रहा है थोड़ा सा तो इसमें हम करते हैं थोड़ा सा वेट अब ये जैसे ही हो जाएगा फ्रेंड्स हम ये सारा चीज़ हम करने वाले हैं लाइव मैं आपके सामने ही कर रहा हूँ थोड़ा सा बूटिंग में टाइम लग रहा है तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आ, ये हो चुका है कम्प्लीटली हमारा ये देखिए फोन हमारा फॉर्मेट हो गया है चॉप हो गया है तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें अब जब ये आ जाता है तो सिंपल से आपको जाना है इमरजेंसी में जाना है इमरजेंसी में जाने के बाद आपको स्टार हैज़ आठ सौ तेरह आप क्लिक करेंगे चुटकी में आपकी फ़ोन अनलॉक हो जाएगी देखिए जैसे हमने चुटकी को बजाया और वैसे ही हमारा ये फ़ोन देखिए अनलॉक हो गया है चॉप ये देख सकते हैं हमारा ये फोन इजिली अनलॉक हो चुका है ये देख सकते हैं बहुत ही सिंपल वे में बहुत ही कम मैंने डिटेल में इसलिए वीडियो बनाया क्योंकि मेरे कल यूएमटी का सारे डिटेल में मैं वीडियो बनाता हूँ जिसमें आपको प्रॉपर वे में समझ में आए फ्रेंड तो अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए ये वीडियो कैसा लगा लाइक like और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें थैंक यू सो मच मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में